मैं उजी कर सबसे अरे सब के रे रे। अरे अरे बुझला भैया, भी कमर में ना चोय चोय खिलाबै छै हाथ करै ऊपर जखै तो म लगै छै फौजी ससुर पर याने छै मनसिका मोगी ह या छिपले फौजी के मन न नै मानै हो भइया नाचैला फौजी सब था नै हो भइया लागै यत खैय छै खानु के बोला ओ होइ छै सब सटै टिके अरे रो होइ छै Yeah. आय छ संदुप की रसना के गाना सावन में भौजी होइ जाई छै दीपना सावन में गीत बजा दोसर तो बजे ले त थुरेंगे आय छ संदुप की रिछना के गाना सुइने के भौजी होइ जाई छै ति बहना डीजे पतो मोर हिलाबै छै भौजी जे खैने के करो पलेट के अर नाचै छै हाथै झटट एक के अबिया बई